जी, गुड इवनिंग प्रणव जी अभी मैं आपका पूरा बायोडाटा देख रहा था डेव देख रहा था तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो मैं थोड़ा सा पूरा मुझे बताइए आपका 2008 से 2016 तक आपने आठ साल लंदन में रह के कार्य किया है आ, और ये मर्चेंटिप करता अच्छा मर्चेंटशिप काम करते थे ओके मर्चेंट नेवी में आप कह सकते हैं yes, yes, okay. तो यस है है? तो तो थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बट इनके सारे शिप्स जो थे वो ब्रिटिश रजिस्टर्ड थे और इनके कई सारे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट हैं उनमें से एक बॉम्बे बॉम्बे में भी था तो मैं उसके थ्रू थ्रू अच्छा के जो ऑफिस है ना ओके आपका आपका जो प्रोफाइल प्रोफाइल था वो नेविगेशन नेविगेशन ऑफिसर के रूप में आप जी सर क्या है का सर्व किया फिर और फिर मैंने बाद में अपने लास्ट करियर के प्रोग्रेशन में सेकंड ऑफिसर किया तो सर एज अ थर्ड ऑफिसर मेरा वर्क होता था कि मैं नैविगेट करूँ शिप को जस्ट एज पायलट जो एयरोप्लेन्स को ले जाते हैं उस तरह से मैं शिप को नैविगेट करता था और उसमें उसके ड्यूरेशन में मेरा एक, एक और एडिशनल काम होता था जैसे कि कार्गो ऑपरेशन शिप अगर कार्गो लोड कर रहा अनलोड कर रहा तो उसको मॉनिटरिंग उसको सारा प्लान के अकॉर्डिंग ये करें इम्प्लीमेंट करें And afterwards उसमें काफी सारे सेफ्टी डिज होते हैं अप्राइंसे, अप्राइंसे, तो उनकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देखने की सारे है कि afterwards, तो मैं में सेकेंड ऑफिसर में वर्क हो गया था जैसे किम्बे से सपोर्ट तो लंडन जाना है या किसी और country जा रही है तो route planning का काम मेरा होता था कहाँ पर कितने आपको रिपोर्टिंग्स करने है कि को बताना है क्या वेदर होगा किस रूट से हमें सेफ्टी शिप को ले जाना है अगर कुछ डाइवर्ट करना है बहुत वो काम प्रोफाइल आपका आपका था था रूट क्या रहता मोस्टली किसी भी पोर्ट पर गए और अचानक से हमारा कुछ भी तो सर मैंने अपने करियर में ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्ट ओके तो हमारा ओशन के, के अंदर अफ्रीका के जाते हैं तो यहाँ पर अक्सर एक प्रॉब्लम देखी जाती है कई बार समुद्री जो लटूरे लोटपाट लोड़, हो जाती है ये अभी भी होती है हाँ यस सर वहाँ पे जैसे कि आपने जो मैं वो बबल से लेकर सर अपना रेड सी वाला एरिया उसमें ये कवर करते हैं तो सर पे भी आईएमओ आ, इन, तो हमें जो इोन लगा हुआ है एक बार निकाल कर बोले क्या होता है आपकी अच्छी वैसा है अक्सर अभी आवाज आ रही है एक सर मैं, मुझे आवाज नहीं आई आईन लैपटॉप का सर। अभी अभी क्लियर है है अच्छी आ रही अच्छा सॉरी सर तो सर तो सर ये अभी आईएमओ का एक रेगुलेशन आया था कि गल्फ ऑफ एडेड एरिया अगर हम लोग ट्रांसिट करती है कुछ अर्जेंसी आती है तो दे कैंडल ओके इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई स्टेप उठाए हैं हाल अपना की तो तरफ से काफी सारे जाते हैं सर वहां okay. एक सुना होगा ओशियन ट्रेडिंग के बारे में जिसमें किसी भी कंट्री का हम लोग देखते हैं कि एक नॉट्रिक मील एरिया होता है 200 नॉट्रिक नॉट्रिक मील मील 24, 12 मुझे इस बार इस बारे में बताइए कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में हाँ सर ये ऑप्शन भी है सर आप जो बोल रहे हैं जी सर सर इसके अंतर्गत सर ये टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेस वाटर बेस्ड है उसके लिए डेजिग्नेटेड एरिया कौन कंट्री किस तरह से यूज करेगा उसमें काफी सारे जोन को डिवाइड किया गया है सर इसमें चार जोन होते हैं पहला जोन सर कोस्ट लाइन से पारा नॉटिकल उसके फर्दर हम लोग चौबीस माइल आते हैं मतलब टोटल से ट्वेंटी फोर माइल्स हैं तो वो कंटीज होता है सर उसमें अपने का अधिकार रखते हैं उसके अलावा सर आगे बदल फिर बोलूंगा इयरफोन को आप निकाल दीजिए इससे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है एक बार निकाल कर देखिए क्या ठीक आ जाए आपकी वॉइस एक मिनट समय मैं स्पीकर सर मैंकर नहीं अभी वॉइस नहीं आ रही आपकी जी अनुष के बारे में बात कर रहे इसको मुझे बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री का ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एंड टू हंड्रेड नोट एक्ट मिल इसमें जो राइट होता है और अगर वॉर की कंडीशन होती है तब क्या स्थिति होती है तीनों सर इसका अभी नहीं है अच्छा चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा जैसे श्रीलंका और हमारे बीच में तो बहुत ही कम डिस्टेंस है तो अगर ऐसा डिस्टेंस कम होता है चलिए अफ्रीका से तो काफी दूर हो जाता है अच्छा। लेकिन श्रीलंका हमारे बीच में तो काफी कम डिस्टेंस है तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सोर्ट आउट करेंगे यहाँ पे टू हंड्रेड नोट कैसे काउंट किया जाएगा सर यहाँ पे सर जैसे की एक मैंने पढ़ा था तो, तो सही तो तो दे है आपने तो तो बांग्लादेश का जिक्र किया आप बता सकते हैं की ये जो यूएन के द्वारा जो डिसीजन दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा ये कोर्ट का डिसीजन कब दिया गया ओके okay. इसमें इंडिया को ये कुछ ज्यादा रहा है कि इंडिया को ज्यादा फायदा हुआ है या बांग्लादेश को ज्यादा तो के वोटर्स के, के लिए सर उसमें बांग्लादेश का एरिया पहले जितना उन लोगों ने लिया तो, तो कोर्ट का जो डिसीजन था इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ऐसा जो डिसीजन होता है वो मैंट होता है या नहीं यस सर ये मेरे ख्याल से था में तो किया है ये है है है ये कि नहीं okay. मैं के बारे थोड़ा सा चर्चा करना आपकी जो है, वो बड़ी है, वो रेस। आ, जी सर। आप कहाँ पर वॉच करते हैं ये कहाँ पर देखने जाएंगे नहीं नहीं सर मैं टीवी पे ही देखता हूँ इंडिया में कहा बताएंगे इंडिया में कहा पर होती है इंटरनेशनल सर्किट था सर गौतम नगर नोएडा में सर और ये तीन साल यहाँ 2013 जबकि ये ये कॉन्ट्रैक्ट मिला मिला तो सालों के लिए मिला था बट इकोनॉमिक को डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ उसके बाद सस्टेनेबल नहीं रहा इंडिया में ये ये स्टार्ट स्टार्ट कब हुआ हुआ हुआ था था फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला रेस रेस सर सर पहला जो तो 1950 में हुआ था सर। आ, तो वन रेस का इसका नाम तो तो काफी सारी कैटेगरीज है जैसे की फॉर्मूला ई क्या आता है सर तो उसी में ये सबसे ऊपर जब प्रोफ्रेशन जो कोई ड्राइवर और, और कंपनी जाते हैं तो उनको फॉर्मूला वर्न में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है तो इसलिए इसका नामिया अभी आपसे हमारे थैंक यू प्रणब जी स्वागत है evening, आपका गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है yes. हमको ये बताइए कि, कि कोरल रीफ क्या होता है सर ये कोरल रिप सर जनरली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप होता है जिसमें लाइकेन और कोरल्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं और इसमें कोरल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लाइके जो होते हैं सर वो कलर प्रोवाइड करते हैं तो ये एक तरह का बहुत ही बड़ा बायो सिस्टम होता है जो तो कि काफी हेल्पफुल है इन्वामेंट के लिए तो कार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड येक्साइड इंडिया में इस तरह का रीफ कहाँ देखने को मिलता है आ, इंडिया में सर चार पांच जगह है उनमें प्रोमिनेंट लक्षदीप है जो की अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं कुछ आपके पाक के पास गर्पा बंगाल में भी है और थोड़े से आपके गुजरात पोस्ट अच्छा ये बताइए कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये क्या है आ, सर ये प्लेटोनिक थ्यूरी सेवन में द्वारा गया था सर जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ये जो भी अर्थ के अंदर के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं और जो भी घटनाएं बनी लाइक अर्थ कोई गोवल तो दोनों उनको ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और इसमें ये बताया गया है कि पूरी जो अर्थ की जो बट्टी है है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम लोग एड्स कहते हैं और जो कि वो विदेक्शनल मूवमेंट ऑफ द स्पिनोस्फेयर उसको फ्लोट करके मूव कर रहे हैं और जिसके कारण ही अगर दो प्लेटों के बीच होता है तो काफी को रिजल्ट करते हैं हैं लाइक और के रूप में अच्छा ये बताइए कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार के मूवमेंट से हुई असर ये, ये इंडियन प्लेट नॉर्थ मूव करते हुए इंडियन प्लेट सब ड है प्लेट तो नीचे और उसके और उसके उसके कारण कारण वो अपलिफ्टमेंट हुआ है तो उसमें बताया क्या है कि अभी भी कर रहा है पे का का कोल्ड ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं बिहार से पूछना चाहूंगा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने आ, साथ में डिसीजन डिसीजन लिया था कि कि 35 गर्ल्स रिजर्वेशन फिर उसके बाद नेक्स्ट एक डिसीजन आया और कि जितने भी कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेज कॉलेज इंजीनियरिंग उनमें भी गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा आप कितना हद तक इससे सहमत हैं और क्या इसमें चेंजेस चाहते हैं सर जो ये नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ये काफी अप्रीशियट करने लाए हैं क्योंकि आज तो हमारा रिपोर्ट वाला जो उसमें लिटरेसी में महिलाओं का 51 परसेंट जो कि पूरे देश में सबसे नीचे है मतलब कि आधा के अराउंड है तो आ, कहीं ना कहीं महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आरक्षण देने से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा सर क्योंकि उनके पास पहले ही एजुकेशन नहीं है तो नौकरी देने से वो फुलफिल नहीं कर पा रही तो वो काफ़ी ये है अप्रिशिएट करने ठीक है ये बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा टाइप का है आपका नेवी रिलेटेड आपका जो पूरा का पूरा जो स्टडी बैकग्राउंड रहा है आपका जॉब बैकग्राउंड भी उसी से रिलेटेड रहा अभी आप बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार पुलिस सेवा की ओर अग्रसर है उस पूरे एक्सपीरियंस का आपका किस प्रकार से लाभ मिलेगा बिहार को इस पूरे सेक्शन में यदि आपको जॉब मिल जाता है तो यहाँ आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकेंगे सर ड्यूरिंग मेरे वर्क में और जो मैंने अपने पढ़ाई में सीखा है तो सर उसमें काफ़ी कुछ मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन किया है मैंने काफ़ी तरह के लोगों काफ़ी नेशनैलिटी के लोगों से काम किया है तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट और कॉर्डिनेट करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ अपार्ट फ्रॉम देट जैसे सर कि हमारा बहुत ही अनसर्टेन था जैसे कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकता था तो उसमें मैं टीम लीडर सभी अपने टू मेम्बर्स का ओवरऑल पूछ करता था तो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी बनी रहती है तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज में काम होता था तो सर इसमें उसके साथ में काफी अच्छे से इंटरवाइस कर सकता हूँ तो इसके अलावा सर आ, मुझे लगता है कि आ, सर, इसके अलावा, मुझे, आ, मुझे लगता है कि पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर ओके थैंक यू। मनीष सर जी शुक्रिया गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रणव जी evening, मैं आपसे बातचीत ट्विटर के बारे में शुरू करूंगा आप बताएं एल मस्क उसके नए प्रोपराइटर ओनर घोषित किए गए हैं तो इससे पराग रवाल जो उसके सीईओ हैं क्या मुश्किलें है? देखते हैं दो न्यूज में आ रहा है लगातार ओनर एक हो दूसरा हो तीसरा हो क्या फर्क पड़ता है मेरा प्रश्न ये है का, कि एलएन ट्विटर के नए मुखिया घोषित किए गए हैं और पराग अग्रवाल जी उसके पहले से काम करने वाले सीईओ के रूप में कार्यरत तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुखिया एक हो दूसरा हो तीसरा हो उसे पराग अग्रवाल को क्या असुविधा महसूस हो रही है पूरा ये मामला तीन चार दिनों से अखबारों में क्यूँ है वैज्ञानिक है तो आप क्या देखते हैं सर इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता है बट सर जब भी कोई मैनेजमेंट चेंज होता है जहाँ तक मैंने अपने करियर में अपोट किया है तो थोड़ा वर्किंग प्रोसीड्योर और बहुत कल्चर वक्त तो चेंज होता ही तो मे भी उसके अकॉर्डिंगली सहज मंजूब हुआ और इससे उन्होंने कुछ कमेंट्स किया और मैं इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हम जान पाए कि आप मर्चेंट नेवी में काफी समय तक सेवा किए तो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या आता है इंडियन नेवी सर सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड है तो सिक्योरिटी को करती है मर्चेंट नेवी सर हमारा ट्रेड रिलेटेड होता था हम एक, एक कंट्री से गुड्स लोड करते थे और दूसरे कंट्री के गुड्स अनलोड करते है। तो है थे तो जैसा कि मर्चेंट नेवी में तो कमर्शियल एक्टिविटी होती है और आपने काफ़ी मोटी सैलरी पर काम किया है और बिहार राज्य के लोक सेवा के रूप में आपकी शागरी हो जाएगी तो मुझे तो डाउट है कि आप कैसे अपना घर चलाएंगे बिना हाथ करप्शन में इन्वॉल्व क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे बिहार राज्य की लोक सेवा में सर ये मुझे लोक सेवा में बेटर करियर ऑपरचुनिटी लगता है सर ये एक तरह से मतलब कानून को मेरे मेरे मेरे केस में सर काफी हेल्प करेंगे उसके अलावा सर मुझे लगता है कि मैं जितने भी मेरे करियर और एट्रीट्यूट्स मैंने जो गेन किए हैं तो उसको अलाइन करने में भारत प्रशासनिक सेवा में मैं काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ उसके अलावा सर एक तरह की ये जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और ऊपर से सर ये सोशल रिकग्निशन भी देता है और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सर मुझे कि मैं लोगों के लिए हेल्थ के लिए कुछ काम कर सकता हूँ देश के प्रगति में हेल्प कर सकता नहीं बड़ी अच्छी बात कह है रहे हैं प्रणब जी लेकिन मुझे लगता है यही तो निधार्थी तो तो बना देता है अच्छा जॉब न आ जाए कोई और मुश्किलें आ जाए हमारी सैलरी को मिलती ही है तो फिर नहीं हो जाएंगे इतने परेशान हाँ जी नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर जैसे की अभी कोविड के टाइम पे हमने काफी ऑप्शन किया था सर हमें काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है तो सर ये एक तरह का मैं इस सेंस में बोल रहा था कि जॉब सिक्योरिटी चलिए कोई बात नहीं कुछ खेल -कुछ अभी कूदी आपके बचपन में क्रिकेट भी खेला है सर वॉलीबॉल और कबड्डी भी कभी कभी खेलता था बट विशेषकर मेरी रुचि तो क्रिकेट में आपकी रुचि है तो कुछ क्रिकेट से सवाल अगर बोलेंगे तो आप बात करेंगे सर कोशिश करूँगा सर टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता है अगर आपकी हॉबी है तो सवाल करेंगे हॉबी नहीं है तो शौक खेली आ, सर, है। सर, के लिए सवाल नहीं करेंगे हर चीज में वेट की बात, करेंगे, की बात करेंगे खेल तो खेल है सवाल पूछूंगा की लका भी गुजर गई कुछ समय पहले उन्हें भारत ने किन किन सम्मान से नवाजा था सर उन्हें काफी सम्मान से सम्मानित किया गया था सर मैं कुछ कर मुझे सारे याद नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है सर मैं कोशिश करता हूँ मिला था फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया दादा साहेब फालके अवार्ड से भी सम्मानित किया गया सर बताइए ऐसा ना मान भारत रत्न मिलने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं और जो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी परीक्षा देने आया है उसके इंटरव्यू डेढ़ से दो तीन महीना अंदर की भी बात यदि हो रही है तो भारत रत्न की चित्र को वो भूल रहा है कुछ बता रहा है कुछ कह रहा है अगली बार बताएंगे ये क्या कुछ ठीक बात है या कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको नहीं समझ पाया मेरा मानना है की भारत रत्न जैसी शख्सियत के बारे में यदि कुछ आप बताने में मिस कर जाए की पूरा याद नहीं आ रहा है कुछ बता पाएंगे कुछ छूट जाएगा तो आपके दृष्टिकोण में ठीक बात है या कुछ कमजोर बात है नहीं सर कभी कभी तो होता है सर कि और कभी कभी समय स्लिप कर जाता है दिया अच्छा चलिए शुक्रिया शुक्रिया प्रणव जी अभी हमारे और साथी आपसे बात करेगी बोर्ड में थैंक यू सर किसान सर और कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा था लेकिन कुछ ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया था थोड़ा सा प्रवीण सर हाँ प्रवीण सर आपसे जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे जब मैं आपसे प्रश्न कर रहा था तो आप अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे और बड़े अच्छे से बतावे रहे थे और थोड़ा सा बांग्लादेश आप चले गए थे तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो अपनी ओर से ऐसा ना दे एरिया जहां से आपको चांसेस हो है ना पता ना हो क्योंकि वहां आप मुझे बांग्लादेश ले गए फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता वो तो आपकी वॉइस लिए नहीं होती इसलिए थोड़ा सा मैं उसको रोक दिया था चीजों को ना बाकी आपका अच्छा कॉन्फिडेंस अच्छा है वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है ड्रेसअप ठीक है ऐसे ही जाइएगा अच्छा आपका दो ही चीजें एक तो ज्योग्राफी ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दे लीजिए और फॉर्मूला वन रेस जो आपका है इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये काफी अच्छी होबी है और इसमें इंटरेस्ट में अगर बोर्ड मेंबर कोई में जरूर आपसे प्रश्न करेंगे और बाकी ज्योग्राफी को तो अच्छे से करना है इसको थोड़ा सा ना चीजों को रिवाइज कर लीजिए बेसिक चीजें बाकी प्रवीण सर आपको भी बताएंगे क्योंकि उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन आपसे करे तो वह आपको उस एरिया को प्रवीण सर थोड़ा बताइएगा तो म्यूट म्यूट है को अनम्यूट कर लीजिए। आपका इंटरव्यू काफी अच्छा लगा प्रणब जी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके काफी अच्छा लगा दिखा कि हाँ आपका एक्सपीरियंस है और वर्किंग लाइन में आप रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका दिख रहा था इसमें वो एक अच्छा चीज लगा दूसरा आपका जवाब देने का तरीका कॉन्फिडेंस और ये सब भी ठीक था थोड़ा सा चूंकि माइक आपका साउंड क्लियरिटी थोड़ा सा कम था तो हम लोग और भी लंबा खींच सकते थे इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम हम लोग खींचेंगे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप आ, अपने ऑप्शनल को लेकर के जरूर ध्यान दे दें क्योंकि आपका जो मेन स्ट्रीम रहा है वो ऐसा सेक्शन रहा है जहां क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछे जाएंगे और पूछे भी जाएंगे तो आपके जाने पहचाने एरिया से ही पूछे जाएंगे तो वहाँ आप इजिली एंसर कर पाएंगे और बाकी सारी चीजें ठीक रही थोड़ा बहुत होता है उन्नीस बीस बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी अब यहाँ से फोकस हो जाएंगे इंटरव्यू को लेकर के तो आपको मोर देन एटी मार्क्स आपको मिल जाएंगे इंटरव्यू में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अब आपको ये सिलेक्शन लाइक आपका नॉलेज और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सिलेक्शन वाला है बस आप थोड़ा सा प्रयास कर देंगे यहाँ से तो अच्छे रैंक भी आपको मिल जाएंगे तो ऑल द बेस्ट और अगले मॉक में मिलेंगे और थोड़ी बहुत जो आपके कमियां हैं उस पर कोशिश कीजिए काम कीजिए ताकि अगले में और बेस्ट हो जाए और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप एक प्रबल सारी शुभकामनाएं पढ़ा नहीं था वो लगा थोड़ा सा की आप भूल रहे हैं थोड़ा सा फिर भी आपका बेसिक ठीक है थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा हो जाएगा चलिए इनका दिया जाए जी जी जी, जी, जी आपसे बातचीत करते समय मेरा जो शुरुआत वो के मुद्दे पर बात हुई थी ट्विटर याद है आपको जी, जी और आपने ये कह दिया था कि साहब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है और फिर कुछ लॉजिक भी देना चाह रहे थे बात तो मेरी गुजारिश है आपसे कि एक बार यदि आप ये कह जाए किएमेंट करना है बता देते हैं क्योंकि तो क्वेश्चन जीरो जाएगा तो बेहतर है की कुछ बोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा तो वो खिलाफ करेगी ठीक है क्योंकि उससे ये पकड़ में आ जाएगा की कैंडिडेट ने इस कॉन्टेपरिरी पर अपने आप को तैयार नहीं किया है तो बार बार और जानबूझ के बोर्ड मेंबर बार-बार दूसरी एक बात यह है की डेडिकेशन सर्विस और इन सब बातों में थोड़ा सा पॉलिसे और साथ में बिहार राज्य का कॉन्टेम्प्री इशू गंगा जल जीवन पर्यावरण जैसे की हमारे पूर्ववर्ती आपसे पूछ भी थे बोलना पड़ना उन चीजों को थोड़ा और कोलिश कर समय है आपके पास बहुत सारी ठीक है, थैंक यू शुभकामना